टीकमगढ़ से एक चौका देने वाला मामला सामने आया है जहां 17 साल के नाबालिग बेटे ने गोली मारकर मां की हत्या कर दी बताया जा रहा है बच्चे को लगता था कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती हमेशा डांटती रहती है जिसके गुस्से के चलते नाबालिग ने इस हत्या को अंजाम दिया है फिलहाल तो आरोपी पुलिस की हिरासत में है मामला टीकमगढ़ का है जहाँ पिता की लाइसेंसी बंदूक से सत्रह साल के नाबालिग बेटे ने माँ को मौत के घाट उतार दिया बताया जा रहा है माँ ने बेटे को किसी बात के लिए डांटा तो गुस्साए बेटे ने माँ की हत्या कर दी वही पुलिस ने बताया कि बेटे को शिकायत थी कि माँ उसको प्यार नहीं करती है जिससे वह मानसिक रूप से, से परेशान था और परिणाम स्वरूप उसने इस घटना को अंजाम दिया घटना के बाद नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है उसमें उसके बेटे ने आ, उसको मार जो उसके बाप के नाम की लाइसेंसी बंदूक है लड़के का नाम हर्ष है जो करीबन सोलह साल की उम्र का है उसका कहना है की